तो स्वागत है एक बार फिर से आपका पर जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कोरोना के संक्रमण काल में स्वास्थ्य के बाद अगर दूसरा कोई सेक्टर है जो सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति में है तो वो है रोजगार एम्प्लॉयमेंट क्योंकि अर्थव्यवस्था पर लगातार बोझ पड़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है जितने भी अभ्यर्थी हैं सबके मन में ये सवाल जरूर होगा कि आगे उनके कैरियर का क्या होगा इसी तथ्य के साथ आज हम लोग एक अच्छा खासा थोड़ा राहत भरा वीडियो आपके पास शेयर करते हैं फिलहाल हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा मित्रों ये न्यूज़ है बी अर्थात बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि बिहार राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती उससे रिलेटेड तो सवाल ये है कि जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा होगा कि बिहार की तरफ से चौंसठवीं पैंसठवीं और इससे पहले भी जो एग्ज़ाम हुए थे वो काफ़ी शेड्यूल्ड टाइम पे हो रहा है तो उसमें डिले नहीं हो रहा था अच्छा खासा पैटर्न चल रहा था लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कोरोना के आउटब्रेक के बाद कि सिक्सटी जो बीपीएससी थी वो आएगी कि नहीं आएगी और आएगी तो एग्ज़ाम कब होगा इन सब चीज़ों से रिलेटेड तो इस रिलेटेड सबसे पहली चीज़ मुझे जहाँ तक लगता है मैं आपको बताता हूँ अगर आप लोग कैलेंडर जो बी का है वो देखें तो इसमें छःठठवीं जो बीपीएससी है उसकी प्रारंभिक परीक्षा का संभावित माह दिया गया है जून 2020 का अंतिम सप्ताह हालांकि विज्ञापन की जो डेट है इसमें जो महीना है वो नहीं दिया गया तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जून के महीने में अंतिम सप्ताह तक इसका एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा तो इसके पीछे एक तथ्य जो है वो मैं आपको बता दूँ जिससे आपको जो इस घटना को काफ़ी प्रभावित करती है पहली बात ये कि बिहार पी ने आपने जो देखा होगा अब तक भले लॉकडाउन चल रहा था लेकिन जो प्रोसेसिंग थी वो रुकी नहीं थी कंटिन्यूस और धीरे धीरे प्रक्रियाएं आगे चल रही थी इवन अब भी फॉर्म आया तो इससे एक बात तो तय है कि जो एग्ज़ाम होगा छः छठवीं का वो तो होगा श्योर है और इसके पीछे का दूसरा कारण आप ये भी देख सकते हो कि बिहार में अब चुनाव है तो ऑबियस से बात है अगर चुनाव है तो सरकार निश्चित तौर पर रोजगार देने की कोशिश करेगी क्योंकि इससे काफ़ी प्रभाव पड़ता है तो इन दोनों बातों को पर मिला कर देखें तो एक बात तो तय है कि एग्ज़ाम होने वाला है लेकिन इसकी डेट क्या होगी ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तो अभी की जो स्थिति है उसको देखकर कर ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि जून के लास्ट वीक तक एग्ज़ाम कराना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि लगभग स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो सारे क्वारंटाइन सेंटर में बदले गए थे उन सबको फिर से नॉर्मल स्त्री में लाना ट्रेन को फिर से, से चलवाना क्योंकि ऐसा नहीं है कि जितने लोग बिहार के कैंडिडेट्स थे वो सब बिहार में ही हैं हो सकता है हो कि बाहर दिल्ली में कहीं फँसे रहे हों प्रयागराज में रहे हों लखनऊ में रहे हों पटना में या फिर इंटर डिस्ट्रिक्ट में भी इसमें पास लग रहा है तो स्थितियाँ नॉर्मल होने में लगभग एक दो महीने लग ही सकता है तो ये तय है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा बहुत जल्द आ जाएगा लेकिन एग्ज़ाम जून में होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है और ये निश्चित तौर पर इसकी डेट थोड़ी आपको आगे बढ़ती हुई दिख सकती है बाकी राहत इसलिए है क्योंकि अगर इसका जो नोटिफिकेशन आता है तो भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रहेगी कैंडिडेट्स को क्योंकि अल्टीमेटली वो तीन साल दो साल और बहुत सारे लोग लंबे समय से तैयारी करते रहते हैं इस उम्मीद में कि आगे पीसीएस में उनको अच्छी पोस्ट मिले और आपको ये पता ही होगा कई सारी सरकारें अगले एक साल के लिए भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने की घोषणा कर चुकी हैं हालांकि क्या होगा आगे ये आने वाला समय ही बताएगा लेकिन फिर भी बिहार के लिए ये अच्छी खबर है राहत वाली खबर है कि भर्तियाँ अभी ब्रेक नहीं हुई हैं और आ रही हैं तो निश्चित तौर पर अभी के लिए बस इतना कहूँगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई में लगे रहिए और आपको निश्चित तौर पर जून तक छःठवीं बी पी देखने को मिल सकती है ऐसा हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो कुछ नहीं आया जब तक नहीं आया तब तक ऑफिशियली नहीं कहा जा सकता इसको लेकिन जो प्रक्रियाएँ चल रही हैं उसको देख कर अनुमान लगाया जा सकता है कि अगले एक महीने में आपको जो छःवीं बी उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और निश्चित तौर पर बी इसके संबंध में कुछ ना कुछ अनाउं अनाउंसमेंट करेगी और ये उम्मीद है कि जल्द ही इसके संबंध में अनाउंसमेंट किया जाना चाहिए कि वो बी का जो प्रोसेस है या फिर उसकी रणनीति है वो आगे क्या लेकर है जैसे ही रणनीति के बारे में वो कोई अपडेट मिलेगी हम आपको निश्चित तौर पर अवगत कराएँगे फ़िलहाल चैनल से जुड़े रहिए सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा जिससे आने वाली सभी सूचनाओं के बारे में आपको अपडेट करते रहें और जो चैनल पे हम लोगों को चल रहा है करंट अफेयर्स का हिस्ट्री का ज्योग्राफी का सारा वीडियोस आप अगर कवर करते हैं उनके कंसाइज वे में नोट्स बनाते चलते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफलता की ओर एक कदम और बढ़ाएंगे वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद